आज मैं आप लोगों को डिप्लोमा से रिलेटेड एक जानकारी देने जा रहा हूं। जो भी कैंडिडेट्स डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वह डिप्लोमा के फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन प्रारम्भ हो चुके हैं 15 फरवरी दो से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं जिनकी अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2022 है अब डिप्लोमा कौन कौन से कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स हाई स्कूल पास हैं वे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और जो भी कैंडिडेट्स अभी करंट में ही आई टी पास होकर निकले हुए हैं या फिर आई टी पास हो चुके हैं ऐसे कैंडिडेट्स भी डिप्लोमा कर सकते हैं बट आई टी कैंडिडेट्स के लिए डिप्लोमा करने का क्या फ़ायदा है जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं मतलब जो सिर्फ टेंथ होते हैं उन्हें जो लेट इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन्स लेने के लिए थ्री ईयर का कोर्स करना होता है और आई कैंडिडेट्स के लिए वही कोर्स टू इयर्स का हो जाता है मतलब उन कैंडिडेट्स को लेटरल इंट्री पर प्रवेश मिलता है ये जो गवर्नमेंट्स के रूल्स के अनुसार है और सेम यही कंडीशंस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बस गवर्नमेंट्स में क्या आपको एंट्रेंस देना होगा रैंक के अनुसार आपको कॉलेज प्रोवाइड हो जाएगा और प्राइवेट में क्या है आप विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं लेकिन कोर्स का ड्यूरेशन सेम ही रहेगा आई टी कैंडिडेट्स के लिए टू ईयर्स का डिप्लोमा होगा और जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए थ्री ईयर्स का डिप्लोमा होगा जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर दें जिसकी अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2022 है अगर किसी कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तू वे नीचे दिए गए, गए डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करें जिससे मैं आपको फॉर्म फिल करके सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। इसमें एग्जाम की डेट दी गई हुई है 6 जून 2022 से 10 जून 2022 आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा फॉर्म फीस आपको मैं बता दे रहा हूँ जर्नल और ओबीसी बी कैंडिडेट्स के लिए तीन सौ रुपये के लिए दो फ़ीस लगेगी जो कि ऑनलाइन की, की द्वारा ही कटेगी यहाँ पर ग्रुप ए के अंतर्गत तीन या चार वर्ष के डिप्लोमा मतलब ग्रुप ए इंजीनियरिंग ट्रेड के जो कोर्स हैं ग्रुप ए में रखे गए हैं वे सभी कैंडिडेट्स ग्रुप ए में E1 से E2 टू के अंतर्गत अब लेटरल एंट्री की बात कर लें अब देखिए लेटरल एंट्री ग्रुप K1 टू K8 में अंतर आते हैं जिसके अंदर आई, आई के कैंडिडेट्स आते हैं लेटरल एंट्री द्वारा तीन वर्षीय विभिन्न डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश अभी मैंने आपको बताया था जो कैंडिडेट आईटीआई करने के बाद में डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे उन कैंडिडेट्स का एक साल कम करके लेटरल इंट्री में एडमिशन लिया जाएगा वो दो साल का डिप्लोमा करेंगे फ्रेश कैंडिडेट को तीन साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा सिर्फ इतना ही डिफरेंस है डिप्लोमा सेम मिलेगा वो चाहे थ्री ईयर्स वाला कैंडिडेट हो या टू ईयर्स से जो करेगा इस तरीके से ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक है जेस .nice पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म फ़िल करने में किसी तरह की को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट्स पर आप कमेंट्स करें मैं फॉर्म फिल करके आपको प्रोसेस पूरा समझा दूंगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक like करें और सब्सक्राइब करें थैंक फॉर वॉच माई वीडियो